शायद कभी न कह सकूं मै तुमको कहे बिना समझ ल शायद शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कही भी तुम शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं अच्छा कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं जब तुम न हो हम, भी हम नहीं न चाह कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं चाहत कसम नहीं है कोई रसम नहीं है दिल का वहन नहीं है पाना है तुमको, खाबो में खाव जिसका रिस्ता नाम जिसका चाहत है नाम जिसका पना है तुमको हो तुम चहा मिलेंगे हम वही वहीं तुम चाह मिलेंगे हम वही न चाहे कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं चाह कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं जो तुम न हो